गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में सुपर क्लीन संडे अभियान की शुरुआत की इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वच्छता के मामले में दतिया को नंबर वन बन बनाना है दतिया को स्वच्छ बनाने के लिए शासन प्रशासन ने कमर कस ली है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने स्वच्छता माहिवार को दतिया में किला गेट पर सुपर क्लीन संडे का शुभारम्भ किया इस मौके आरोप उन्होंने कहा की स्वच्छता के मामले में दतिया को नंबर वन बनाना है इस अभियान को जन अभियान बनाने में भी अपना पूर्ण सहयोग दें दतिया नगर में बचते ही नगर के 105 स्थानों पर स्वच्छता दलों ने एक साथ सफाई का कार्य शुरू किया एक दल में 20 सदस्य हैं, नगर में 105 दलों में शामिल 2000 से अधिक समाज के सभी वर्गों के लोगों ने दतिया क्लीन संडे अभियान के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी की आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है अपनी दतिया की वो तस्वीर बदल सकता है आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है हमारे सोचे भर के, उम और जिस तरह से के पहले ही पन्नी थे प्रबुद्ध जन थे ये उनका समर्पण अकेले सफाई के प्रति नहीं है अपने दटिया के प्रति संगीत किशोर लहरियों से सांस्कृतिक ताने पाने तक